आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमन के चैनल देसी डीएसओ तो हमन आज आए ही बारात ग्राम पंचायत ले बलरामपुर में तो हमन ला यहाँ आते के साथ ही हम मतलब भोजन व्यवस्था बहुत ही अच्छा हुए आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी जो सगा जन हैं ग्राम पंचायत लिलोटी के सभी लोग बहुत प्यार से बहुत माया से भोजन घलोमन भोजन ला परोसत हैं और दाल घलो लावत हैं बाल्टी में पकड़ के और सभी भाई मनला हमन बहुत अच्छा से खिलावत पिलावत हैं मन ला दिल से धन्यवाद भाई मनला आप मन हमारे वीडियो के माध्यम से बने रहो एमन बड़े भैया हवें हाँ हमने गांव के हवें मन हाँ एहु और संजय भैया मन हाँ हवें और जो दिखत हुई आगु करती उमन हमन गांव के टुरा मन हवें और जाड़ के महीना हवे हाँ माघ के महीना एकर माँ जाड़ घर तो अब अबट लगते कैसे भाई ठंडा उंडा लगत हैगा तुमनला अभी भैया के बारात में आईजो सरीवं बसंती रक्सेल थे और हम के छोटे भाई मन खाना वाना भी खा लो खावत हैं और आप मतलब बता दू ना दोस्त माघ के महीना में शादी करे करना माहौले कुछ और होते हैं। शादी करे वाला मन लगा घलोम मज़ा और राती मना ठंडी के मौसम में बड़ा सजा तो दोस्त अपन अगर शादी करूँ ना तो थोड़ा मौसम वोसम घलों देख ले हो काबर दूल्हा मन ला तो घलो मज़ा ही आते हैं शादी ब्याह में लेकिन जब राती मना जा रहा था ना उमन ला तो अबड़ ठंडा लगते हैं गाँव सच्ची बतावा तो मह थक नहीं हूँ सच्ची में मैं तो ठंडी के मारे मारे ठिठूरत हूँ पता नहीं रात भर कैसे सो मैं हर नहीं भर व्यवस्था है कि नहीं शादीवादी तो नहीं हो दिन में ही हो ही और हम के बुजुर्ग सगाजन बहुत ही कहना चाहिए अच्छी तरह से मन सभी बरतिया मन भर इतना अच्छा जलपान की व्यवस्था करीन उमन बहुत बहुत धन्यवाद दे थूँ जमन हाँ और हम के ड्राइवर बाबू है और पार्ट संबंधी ये मन लागत हैं अच्छा व्यवस्था है सबक बर, बर अच्छा व्यवस्था है और हमने गाँव के सियान मन हमें हाँ यही मन के नेतृत्व में शादी सम्पन्न हो रही